क्या कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसके लिए कुछ भी कर जाने का मन करे उसके लिए रस्क लेने का मन करे उसके हर ख्वाब को पूरा करने का मन करे, करेट वन योर सेल्फ अरे जब जिंदगी एक बार मिली है तो दो बार क्यों सोचना खुद से प्यार कर कुछ करना है तो इकरार कर किसी से कुछ कहना है तो इजहार कर कुछ नहीं करना तो बस इंतजार कर पर खुद से प्यार कर